शहडोल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है विद्यालय के चारों तरफ की जमीन पर गाँव वालों का कब्जा है विद्यार्थियों को स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं मिल रहा जिसकी वजह से विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के बीच आए दिन तनातनी बनी रहती है शहडोल के पथरेही गाँव में बने स्कूल के चारों तरफ की जमीन पर ग्रामवासियों ने कब्जा कर बुआई कर दी है जिसके चलते स्कूल जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है जिसकी शिकायत प्राचार्य ने संबंधित अधिकारियों से की लेकिन प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया आज तक कोई अधिकारी मौके तक नहीं पहुंच पाया पता जा रहा है कि विद्यालय में लगभग 500 से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं किंतु मार्ग नहीं होने की वजह से मात्र सौ की संख्या में ही विद्यार्थी विद्यालय पहुंच पाते हैं प्राचार्य ने कई बार प्रशासन और शासन से रोड बनवाने की गुहार लगाई लेकिन अब तक न सड़क बनी और न ही रास्ता खुला मैं देवीदेन प्रजापति सासको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरेही का प्रभारी प्राचार्य हूँ विद्यालय हाई स्कूल के रूप में 2008 में संचालित हुआ लेकिन मुख्य मार्ग से विद्यालय तक आने के लिए अभी आज तक रास्ता नहीं है अभी फ्री हाल है दस पंद्रह दिन पहले पूरे किसान चारों तरफ से उसकी बुआई करके जुताई करके पूजता रास्ता बंद कर दिए हैं मैंने शासकीय अमले को माननीय तहसीलदार महोदय को पाँच आठ दो को इस समस्या से अवगत कराया उन्होंने जांच कर प्रतिवेदन के लिए आरआई को लिखा लेकिन आज दिनांक था कि किसी भी प्रकार से यहां पर न जाँच हुई है और न रास्ता खुलवाया गया है हमारे बच्चे और हम लोग सब परेशान हैं विद्यालय आज पहुँचने तक में हमको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है